हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती न रही इसलिए मुल्क में अब खुशी न रही जिस तरफ देखे आग नफरत की है चेहरे पर अब किसी के हंसी न रही खत्म ईद और होली का मिलन कर दिया हमने किसके हवाले वतन कर दिया